हम तो चेले भी उनके हैं जिनका कोई गुरु नहीं था जिंदगी जीते हैं हम शान से तभी तो दुश्मन जलते हैं हमारे ना।, ना पूछ मेरी पहचान मैं तो भस्मधारी धारी हूँ भस्म से होता जिनका श्रृंगार मैं उस महाकाल का पुजारी